समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अभद्र व टिप्पणी करने के मामले में संचालक और पार्टी नेता मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया इसके विरोध में पूर्व सीएम व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव डीजीपी कार्यालय पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई अपने नेता की गिरफ्तारी और काफी देर तक किसी जिम्मेदार अधिकारी के न पहुँचने से गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन व हंगामा किया प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया शांति भंग में कार्रवाई की गई है उसने पिछले कुछ माह में महिलाओं और पत्रकारों को लेकर विवादित और अभद्र ट्वीट किए मनीष पर चार मामले हजरतगंज थाने में दर्ज है दो में वह नामजद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की तहरीर पर सपा सांसद डिम्पल यादव पर अमर टिप्पणी करने पर भाजपा की महिला नेता ऋचा राजपूत पर भी हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया है